फॉलो कर दिया करो चिकन। चलो गो फॉर बॉयज। हम, हम, हम गर्लफ्रेंड बनाते ही नहीं आ, नहीं भाई, भाई रुको दो मिनट किसी ने मजाक किया है क्या कह रहे इसीलिए हम गर्लफ्रेंड बनाते ही नहीं भाई बस वाह हम क्या बोलें लो ना भाई कैसे हम से गेम <laughs> खेल ना वरना दोनों आके ताली बजाते हम <laughs> अच्छा एक भी गर्लफ्रेंड का नाम बता तो बहुत थोड़ी के किसका किसका बताइए बताओ आज बता दी तो कह रही पकड़ने को चलो <laughs> अच्छा ऐसी किसी को बता दो जो यहाँ पर मतलब जानती हो कि हम खेलते हैं, देखा नहीं था तुमने भाई को दिया था क्या <laughs> तो लोग है <laughs> <laughs> तो। कोई था ऐसे वोट पार करके इनको बुलाए तो वह इनका वहीं चपटा कर दे Mm -hmm. आप वीडियो बनेगा कर फिर वहां से करेंगे तो मीची गान ऑडियो mm -hmm. बट डालते हैं म्यूजिक डालते हैं नागा। नागा। था था। नागा। नागा। नागा। समझ मतलब रहा मतलब जहाँ ये आरामी पना करे काट दो जहाँ दूसरे लोग कर रहे हो वहाँ वो डाल दो उनकी बीच रहा है पीछे पहन लगा के घूम हम्म हम्म हम्म हम्म यहाँ तो कोई भाड़ू लगा के गया थ्री का मिल गया ये अभी <laughs> अबे अभी अभी एक आया तो भाई क्या है ये लोग बंदा रो दिया था पता क्या हुआ वहां पे अभी वहां पर हाँ? दो टीम एक साथ रश कर गई तो ये हाँ? नॉक हो गए तो हमने पहले दोनों को फिनिश करा ये उससे कह रहे है, भाई प्लीज भाई भाई भाई भाई रिवाइव कर दो भाई प्लीज भाई प्लीज सबसे काम उस मार मार के इनको पहुंचे दे <laughs> पहले जब तक रिवाइव नहीं हुए थे तब तक भाई प्लीज भाई प्लीज कर रहे थे <laughs> <laughs> वो लूट करने में भी चीज <laughs> रुक रुक एक अभी भी है कि चला गया अबे रोको तो चढ़ ना धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे अरे हो हो गया भाई, हो गया भाई अब चला फुल स्पीड में चला में जा मतलब डबल सीट की गाड़ी तीन तीन गजब कर दिए फुल स्पीड में चलो, कोई दिक्कत नहीं <laughs> <मत पंदाना> नहीं <laughs> इसको इसका गाड़ी चला नहीं आती कैसा है तगड़ा बहुत गजब है दूसरी गाड़ी है वो खड़ी वो खड़ी वो खड़ी वो खड़ी गिरा, गिरा। तू जाओ भाई अपने आप उतर भी जाता क्या बात कर रहा मार्क द लोकेशन अरे ये लो बंडी Okay let's to denya da kaam nahi hai Watch out Enemy spotted for real this time parked a location oh, okay.